जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के दायरे में आने वाले ग्राम पंचायत किलाड़ के परमस गांव में एक व्यक्ति ने गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है जिससे उसकी मौत हो गई है घटना बीते दिन देर शाम की बताई जा रही है हालांकि समय रहते ही परिजनों ने व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ पहुँचाया जहाँ पर मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया बताया जा रहा है की मृतक एग्रीकल्चर विभाग में कार्यरत था मिली जानकारी के मुताबिक इकवंजा वर्षीय देवी पुत्र मंगलचंद निवासी परमस डाक कर किलाड़ ने शुक्रवार देर शाम गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया जैसे ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो परिजनों पर ने उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया उधर थाना प्रभारी पांगी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह का पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है उन्होंने बताया कि की अस्पताल प्रबंधक की ओर ऐसी पुलिस को सूचना नहीं दी गई है वीडियो डेस्क पत्रिका न्यूज हिमाचल डॉट इन